हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ट्स गेमिंग पर सो गाइस आज हम लोग खेलेंगे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं 100 तक अपग्रेड करेंगे एपिसोड 2 तो में आयरन तक अपग्रेड चैप्टर 3 में डायमंड तक अपग्रेड एपिसोड 4 5 और 6 तक डायमंड एनेदर ढूंढते रहेंगे गाइस और सबसे पहले पिकेक्स बना लेते है अब हैं अब से माइनिंग करते हैं। हैं। हैं। एक्स भी बना लेते इसको मारते हैं। भाई बार ये वाला बहुत अच्छा नहीं है अब मैं माइनिंग करने चलता हूँ तो इसको इस कर ऐसा में कॉपर भी मिल चुका है। स्टोन का पिक एक्स टॉस, स्टोन का एक्स बना लेते हैं और इसको लेते हैं साइड में और इसको लाते हैं बगल में। अब इस कॉपर को माइंड कर लेते हैं गैस कॉपर मिल चुका है नहीं। बस कॉपर को तो बस कॉपर ब्लॉक बनते हैं एंड एक बनता है, पर फिर भी हम इसे लेते, ले लेते, तो ले ले ले आसपास आयरन और उंड नॉइज को इग्नोर करना है चलते हैं फिर आयरन का से कोई समुद्र है उसी का पानी आ रहा है पर माइनिंग करते हैं बहुत मिल जाएंगे अच्छे लोग आयरन आयरन इसी एपिसोड में। का कुछ कुछ सामान बना रही आयरन नहीं मिल रहा है ऐसे कॉल नहीं मिलेगा मेरे मेरे को मोबाइल मेरे में, में फोन आ गया था इसलिए मैं सुब कर दिया उस टाइम को और अभी कैब ढूंढना पड़ेगा आयरन के लिए पहले खाना लेने के कॉल तो नहीं है पर फिर भी ऐसे ही खाना खा लेते हैं कच्चा तो आज के लिए बस इतना ही राइ और ट्रेन का वाज को इग्नोर करो आज के लिए बस इतना ही और अगला एपिसोड जल्द ही आऊँगा मैं बाय तो बाय